मुझे लगता है औरतें पागल हैं जो सोचती हैं वो वो पुरुषों के बराबर हैं जबकि वो उनसे कई गुना बड़ी हैं अगर आप उन्हें सुकराडू देंगे तो वो बालक बना देंगी अगर मकान देंगे तो वो घर बना देंगी पर चूनी देंगे तो वो खाना बना देंगी, देंगी, मुस्कुराहट अगर देंगे, तो दिल दे देंगी। औरत को कुछ भी देंगे तो उसे वो बड़ा बना देंगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बेलाइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।